भाई तो फिकर न कर उसकी माँ की उसकी बहन की जो देखे इधर अपन को बता दे को भी होबे पटा सबकी फर्ती अपने नाम से अपन चाहे जिधर थोड़ा कोक शोक तो अपने दोस्त को देना यार थोड़ा खोक शोक तो अपने दोस्त को देना यार एक